हेलो फ्रेंड्स का दो लास्ट क्लास में हमें असेसमेंट प्रोसीजर की क्लास ली थी उसमें मैं थोड़ा ब्रीफ एक बार बता दे देना चाहता हूँ मैंने कुछ चार असेसमेंट बताए थे इसमें कि वन थर्टी नाइन वन थर्टी नाइन वन में हमारा रिटर्न फाइल होती है अगर वन थर्टी नाइन वन में हमने रिटर्न फाइल नहीं करी है फाइलिंग ऑफ रिटर्न वन फोर्टी टू वन का नोटिस इश्यू वाई असेसिंग ऑफिसर ठीक वन थर्टी नाइन वन में फाइलिंग रिटर्न फाइल नहीं करिए वन फोर्टी टू वन में नोटिस इश्यू कर असेसिंग ऑफिसर कि आप स्पेसिफाइड फीडियम में आप अपनी रिटर्न फाइल करें अगर नहीं करते हैं तो वो वन फोर्टी के साथ एक स्कूटनी का नोटिस से या थ्री टू का नोटिस दे सकता है कि सर आपने क्यों नहीं की वगैरह जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ टाइप ऑफ असेसमेंट आपके चार तरह के असेसमेंट होते हैं सर ये नोटिस के टेबल है एंड ये असेसमेंट सेक्शन बता रहा हूँ मैं कल भी इस क्लास को ले चुका हूँ कल भी बता चुका हूँ अंडर सेक्शन 142 स्कूटनी अंडर सेक्शन 143 फोटी असेसमेंट 144 फोर्टी बेस्ट जजमेंट इसका असेसमेंट uh, वन 144 में होता है 148, 148, एट वन फोर्टी एट होता है एस्केपिंग कम इसका असेसमेंट 147 में होता है और 153A, 153 ए सर्च एंड सीजर इसका असेसमेंट 153 आपके चार असेसमेंट होते हैं एक होता है आपका डीम्ड असेसमेंट 143 फोर्टी में इसे हम कह सकते हैं डीम्ड इंटीमेशन एंड असेसमेंट जब हम 139 नाइन में रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास 143 फोटी का नोटिस आता है उसे हम डीम्ड असेसमेंट या इंटीमेशन मान सकते हैं कि ठीक है सर ए असेमेंट ऑफिसर ने जो भी हमारा है उन्होंने सही माना है अगर 143 फोर्टी बन का अगर सेटिसफेक्ट्री नहीं होता है तो उसमें लिख के देता है सर आपका इतना रिफंड बनना है इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर आगे की प्रोसीडिंग्स होती है मेन होते हैं वन फोर्टी का स्कूटनी का वन फोर्टी जजमेंट का वन फोर्टी इनकम का वन फोर्टी सर्च एंड सीजर्स का ये चार असेसमेंट है वन फोर्टी का डीम्ड असेसमेंट है जो सभी के लिए 90 परसेंट लोग वन फोर्टी थ्री का आपके मेल पर आएगा या आपके घर पे बाई पोस्ट आता है 143 फोर्टी थ्री टू स्कूटनी स्कूटनी कब आती है स्कूटनी जब आती है जब आपने 139 थर्टी वन में रिटर्न फाइल कर दियो या 142 फोर्टी वन का नोटिस का रिप्लाई कर दिया हो मैं पहली सेक्शन ले रहा हूँ स्कूटनी की असिस्मेंट वन ठीक है नोटिस इश्यू टू का स्कूटी पहला फर्स्ट असेसमेंट 143 फोर्टी थ्री में स्कूटी का इसका नोटिस इशू करेगा 143 फोर्टी टू का आप पर नोटिस कब इश्यू करेगा जब आपने एस ने 139 में 1 में रिटर्न फाइल कर दी हो फाइल या 142 फोर्टी टू वन का आ, रिप्लाई दे दिया हो अगर एस ने 139 थर्टी वन में रिटर्न फाइल कर दी हो या 142 फोर्टी वन का रिप्लाई दे दिया 142 फोर्टी वन का रिप्लाई नोटिस का बात है आपके पास जब आप 131 में रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो असेसिंग ऑफिसर को ये लगा कि सर आपने जो आपने इनकम शो करी है वो आपने कम किया लॉस ज्यादा बुक कर दिया अगर लॉस ज्यादा बुक कर दिया तो आपका टैक्स नहीं बन रहा है या आपने सर टैक्स के अंदर चोरी की है तो उसे कुछ डाउटफुल लगेगा तो वन फोर्टी में नोटिस इशू करेगा स्पूटनी के लिए इस केस में आपको नोटिस के, के साथ जो भी उसने रिक्वायरमेंट मांगी बुक्स ऑफ अकाउंट या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आपका आप खुद को असेसी को या आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को ऑफिस में जाना होता है इनकम टैक्स ऑफिस में जो भी उसने आ, नोटिस में बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे हो पी एंड एल या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी इस नोटिस में लिखा है वो एस या उसके भी आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और उसका रिप्लाई देगा स्कूटनी में यही होता है अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या होता है वन नोटिस इश्यू करने का टाइम पीरियड सेक्शंस Within a six-month end of the financial year, which is written filed. आपने जिस फाइनेंशियल की रिटर्न फाइल की है जिस फाइनेंशियल में आप रिटर्न फाइल की उसके विद इन मंथ के अंदर आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल देश रिटर्न फाइल्ड आपको आ, नोटिस इश्यू कर सकता है 1432 का। इसके बाद उसके पास राइट नहीं रहेंगे का नोटिस आपको इश्यू करे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं कोई फाइनेंशियल ईयर 2016-17, सोलह रिटर्न फाइलिंग डेट तीस 17 16-17 का आपका फाइनेंशियल ईयर है रिटर्न फाइलिंग डेट आपकी तीस नौ दो है उसने फाइल्ड कर चुका है फाइल्ड हो चुकी है तो इसकी 143 नोटिस कब तक आ सकता है इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में मीन्स 2018 तक आपके पास इसका नोटिस आ सकता है तीस नौ दो तक अगर आपने रिटर्न फाइल की हो इकतीस तीन दो को विद पेनल्टी प्रसिंग ऑफिसर 1432 का नोटिस स्कूटी का कब इशू कर सकता है अगर किसी भी फाइनेंशियल के आपने जब भी रिटर्न फाइल फाइल की हो जिस फाइनस फाइनेंशियल में उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के सिक्स मंथ के अंदर आपका दो हज़ार का फाइनेंशियल ईयर है उसमें रिटर्न फाइलिंग की डेट आपकी ड्यू डेट है 30 नौ 2017 इसका एंड ऑफ कब हो रहा है 31 मार्च 2018 को तो उसे आप सिक्स मंथ तक आप वो 1432 का नोटिस आपको इशू कर सकता है या आपने फाइल आपने 31 मार्च को ही क्यों ना की हो या 28 एट फाइव आपने कभी भी की फाइल एंड ऑफ द फर्न के विद इन सिक्स मंथ में आपको रिटर्न फाइल करने के लिए वन रिटर्न फाइल करने के लिए वन फोर्टी थ्री को नोटिस इशू कर सकता है और नोटिस में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कि जो भी है जो उससे डाउट लग रहा है कि भाई रीजन टू बिलीव नहीं है एक वर्ड आता है टैक्स में वन स्पूटनी केस में रीजन टू बिलीव ये एस्केप इनकम में आता है 147 सेक्शन में जब आपको नोटिस है जो रीजन टू बिलीव कि असेसिंग ऑफिसर को रीजन है उसके पास रीजन है बिलीव करने का कि आपने एस्केप इनकम किया लेकिन वन फोर्टी के नोटिस में रीजन टू बिलीव वर्ड नहीं लिखेगा बस आपसे ये बोलेगा कि सर आपने जो भी आप वन uh, थर्टी में आपने रिटर्न फाइल की हो वन फोर्टी का नोटिस दिया हो तो uh, <coughs> मुझे लग रहा है कि इसमें उसमें की लॉस आपने ज़्यादा बुक किया है या आपने इनकम कम शो की है तो वन फोर्टी टू का नोटिस दे सकता है 143 फोर्टी टू का नोटिस तभी से दे सकता है असिस्टेंट ऑफिसर जब आ, उसने 139/1 में रिटर्न फाइल की हो और 142/1 का नोटिस दिया इशू किया उसका आ, रिप्लाई दिया हो 143 फोर्टी टू का नोटिस आ, इनके अलावा भी दे सकता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया वन थर्टी में और 1421 का नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया हो अगर जॉइंट कमिश्नर की सीआईटी कम, कम, की परमिशन से नोटिस करने की कंडीशन फर्स्ट 139 फाइलिंग ऑफ रिटर्न प्लाई <coughs> इन दोनों कंडीशंस में वन टू का नोटिस इशू कर सकता है अदरवाइज अगर ये नहीं कंडीशंस होती हैं तो सी इसकी परमिशन से 143 का टू का नोटिस आपको इशू कर सकता है अदरवाइज उसके पास चांसेस अगर टाइम बार्ड हो गया अगर उसने नोटिस इशू किया 31 फर्स्ट को तो सर ये टाइम बार्ड है और ये इनवैलिड है इसमें असैसी को कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर असेसिंग ऑफिसर अपना वन फोर्टी थ्री का नोटिस टाइम के बाद इशू करता है या आपको डेट उसके बाद टाइम होती है तो वो इनवैलिड होगा Second 144 फोर्टी फोर क्वेश्चंस में 143 जो स्कूटनी के सेक्शन हैं उसमें बस आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सर 143 टू का नोटिस कब इशू होगा जब आपने 139 थर्टी वन आ, पे और 142 1 नॉर्मल ड्यू डेट्स पर वन फोर्टी टू वन का रिप्लाई दिया हुआ होगा अदरवाइज़ आपको नोटिस इशू करने का डेट नहीं है टाइम पीरियड पूछ सकता है कि कब आपको टाइम पे इशू कर सकता है सब ऑफिसर तो आपको विद इन द सिक्स मंथ फ्रॉम के अंदर अंदर आपको इशू करना पड़ेगा वन फोर्टी का नोटिस अदरवाइज वो टाइम बार्ड हो जाएगा और वो इनवैलिड होगा तो दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं किसर किस कंडीशन में आपको नोटिस इशू कर सकते हैं दो कंडीशन है वन में आपने रिटर्न फाइल किया हो या वन वन का नोटिस का रिप्लाई दिया हो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि टाइम क्या है सर इसका कि आपको आ, कब तक इशू कर सकता है वो नोटिस तो इसका टाइम है विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया उसके विद इन मंथ के अंदर आपको आ, नोटिस इशू कर सकता है हाँ इसमें यह कि नोटिस इशू करने पर स्कूटनी का असिसमेंट कब तक कर सकता है मैं इसको एक बार वन फोर्टी थ्री टू का नोटिस इश्यू किया अब आता है टाइम लिमिट 143 असेसमेंट एक क्वेश्चन से बता है टाइम लिमिट का 143 फोर्टी टू का नोटिस इशू किया तो उसके टाइम लिमिट क्या है कि असेसमेंट कब तक कंप्लीट करेगा सर वो इसकी टाइम लिमिट है सेक्शन 153 फिफ्टी वन में सेक्शन बन, 153 बनी ये कहती है आफ्टर द नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 फोर्टी और कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टू इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलवेंट असेसमेंट ईयर कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा नो ऑर्डर पास असेसमेंट का after the expiry of 2 years relevant assessment year 143 टू का नोटिस इशू किया 6 मंथ के अंदर करेगा पहला क्वेश्चन सी है कब इशू करेगा 139 थर्टी नाइन वन और वन फोर्टी टू का रिप्लाई दिया हो दूसरा आता है 143, करेगा, तो सर टाइम पीरियड क्या है दो साल का सर टू ईयर का रिलेवेंट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड ऑफ द रिलेवेंट ऑफ असेसमेंट ईयर का क्वेश्चन लेता हूं आपका स्कूटनी केस आया बारह तेरह का फाइनेंशियल ईयर ठीक है इसका असेसमेंट कौन सा हा? तेरह चौदाहमेंट है तेरह चौदा तेरह चौदा य यह रहा तो इसकी रिटर्न फाइल करने की डेट कौन सी रही तीस नौ दो हजार चौदह ठीक है तीस नौ दो हजार चौदह इसकी इशू रिटर्न फाइलिंग डेट 143 नोटिस इशू बारह तेरह तीस नौ दो हजार बारह तेरह सॉरी तेरह आएगी, तीस नौ दो हजार तेरह और इसकी डेट क्या रहेगी हजार चौदाह अब इसका असेसमेंट वन फोर्टी थ्री कब कंप्लीट करेगा नो ऑर्डर पास असेसमेंट आपू ईर्स एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ट रिलेवेंट असेसमेंट कौन सा है तेरह चौदा तो आ, इसके आफ्टर दो चौदह पंद्रह और पंद्रह सोलह डैट मीन्स इकतीस मार्च दो हजार सोलह आपके तीन क्वेश्चन बनते हैं इसमें वन फोर्टी थ्री इसमें स्कूटनी केस में, फर्स्ट वन फोर्टी थ्री टू का नोटिस कब इशू करेगा दो कंडीशन है वन थर्टी नाइन वन में आपको रिटर्न फाइल किया और वन वन का आपने रिप्लाई दिया हो अदरवाइज नहीं करेगा अगर करता है तो नोटिस आपको ज्वाइंट सी की अपील सी की परमिशन से ही कर सकता है टाइम लिमिट कब है सिक्स मंथ जब आपने रिटर्न फाइल किए उसके एंड ऑफ से फाइनेंशियल विद इन सिक्स मंथ में आपको नोटिस इशू करेगा असेसमेंट की टाइम पीरियड क्या है टू इयर्स नो ऑर्डर पास असेसमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टू इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल बारह तेरह की आपकी रिटर्न थी इसकी ड्यू डेट थी तीस नौ दो नोटिस इशू करने की डेट क्या रही तीस नौ दो क्योंकि इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल कब हो रहा है तीस तीन इकतीस को तो इसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर रिलेवेंट असेसमेंट तेरह चौदह कौन सा रहा है? चौदह पंद्रह और पंद्रह सोलह मई इकतीस तीन दो सोलह तक उसको वन में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा असेसमेंट इसका 143 फोर्टी यहाँ कंप्लीट हो जाती है इसमें तीन ही क्वेश्चंस बने कब इशू कर सकता है नोटिस क्यों किस भी आप पर कर सकता है और उसका टाइम क्या है और असेसमेंट ऐसा कब कंप्लीट होगा विद इन टू ईयर्स में अब सेकेंड आता है आपका सेक्शन वन बेस्ट 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब कर सकता है चार कुछ कंडीशन है जब 139 थर्टी वन में नॉट रिटर्न फाइल 142-1 का नो रिप्लाई नोटिस का सेक्शन 143 थ्री टू नोटिस का नो रिप्लाई अगर असेसिंग ऑफिसर अगर असेसिंग वन थर्टी नाइन में रिटर्न फाइल नहीं करी हो 142 टू वन में अगर उसने कोई भी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया हो 143 टू का रिप्लाई स्कूटनी का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया हो क्योंकि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट मांगने के लिए बोलता है तो 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है लेकिन <coughs> इसे एक्स पार्टी भी कहते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट लेकिन वन का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले एस को नोटिस दिया जाएगा <coughs> उसको नोटिस दिया जाएगा कि मैं वन फोर्टी में आपके एक्सपार्टी कर रहा हूं, उसको आई I मीन mean, बताना होगा <coughs> <coughs> बिना बताए वन फोर्टी का बेस्ट जजमेंट एसस्टेंट खुद एस ऑफिसर नहीं कर सकता अपॉर्चुनिटी टू गिविंग ई असेसिंग ऑफिसर जब 144 फोटी फ़ोर का बैस जजमें असेसमेंट करेगा तो अपॉचुन टू तो बिंग हेड एस को बताएगा कि सर मैं आपका 144 फोटी फोर में एक्सपायार्टी कर रहा हूं आपने मेरे वन थर्टी में, में रिटर्न फाइन ना इसका 142 फोर्टी वन का कोई रिप्लाई नहीं दिया 143 फोर्टी टू का कोई रिप्लाई नहीं दिया 144 फोर्टी स्कूटनी के केस कोई रिप्लाई नहीं दी तीनों को कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वन फोर्टी फोर में करेगा इसके लिए भी एक नोटिस इशू करेगा अगर और उसमें टाइम लिखेगा सर आप अगर हमारे सामने उपस्थित नहीं हुए हमारे ऑफिस में इन बुक्स ऑफ अकाउंट को लेकर तो हम आपको एक्सपायरटी कर देंगे एक्सपार्टी करेंगे वन का ही नोटिस जाएगा और वन में इसका असेसमेंट होगा 144 का असेसमेंट करने के लिए इसका टाइम पीरियड कितना है आपको वही है जो 143, फोर्टी थ्री टू में है असेसमेंट का टू ईयर्स फ्रॉ एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मीन्स 143 प्लस 144 सेम टाइम पीरियड पीरियड ऑफ असेसमेंट 2 इयर्स इसका नोटिस 1432 में जाएगा इसका नोटिस 144 में ही इशू होगा फर्क बस इतना ही है दोनों का जो टाइम पीरियड है उसकी सेक्शन वन फफ्टी आपको सेक्शन पूछ सकता है दोनों में कि 1431, 143, फोर्टी 143 हाँ वन और 144 का टाइम पीरियड कितना असेसमेंट करने का क्या सकते हो तो फिर <laughs> कब तक आपका असेसमेंट कर सकता है तो आपको बताना पड़ा टू ईर्यस ऑफ द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट इयर आपसे ये पूछेगा नहीं कि कब है आपको एक सिंपल क्वेश्चन देगा इसके लिए डेट का कि इस फाइनेंशियल ईयर का इसने एस ने अब रिटर्न फाइल करी और उसका नोटिस अब इशू हुआ और कब तक वह असेसमेंट कर सकता है किस फाइनेंशियल ईयर तक कर सकता है मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया था सेम ये दोनों का 144 का 143 वन का तो 143 और 144 फोर्टी फोर इसकोटनी और 144 दो असेसमेंट है सर ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें वही बनेंगे एम सी टाइम पीरियड के कि कब कंप्लीट हो रहा है क्यों हो रहा है और आप कब तक आप लोग को नोटिस इशू कर सकते हैं इसके अंदर थर्ड है आपका 148 अंडर सेक्शन थर्ड आपका आता है एस्केप इनकम का एस्केप इनकम मीन्स आपने कोई इनकम छुपाई हो असेसिंग ऑफिसर से तो एस 147 में आपको नोटिस इशू करेगा एसकेप इनकम का इसमें अससमेंट जो होगा वो री एस हो सकता है रीएसएस का मीनिंग आपका ऑलरेडी 143 फोर्टी टू में 143 फोर्टी थ्री में आपका स्कूटी का असेसमेंट हो चुका है बाद में आपको और इनकम मिली अस ऑफिसर को तो वो आपको री कर सकता है या 147 में आपका ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका 143 में भी आपका असेसमेंट हो चुका 147 में भी असेसमेंट हो चुका आपका लेकिन वापिस से होने के बावजूद भी आपके पास 10 लाख रुपए की इनकम और एस्केप मिली तो वापिस से रीअसेस कर सकता है वो उसके पास राइट right है असमेंट ऑफिसर के पास कि अगर उसके पास और भी इनकम मिलती है तो आपको रीअसेसमेंट uh, कर सकता है इसके लिए यहाँ एक वर्ड आएगा रीजन टू बिलीव 143, 2 के नोटिस में असिस्टिंग ऑफिसर के पास कोई रीजन टू बिलीव नहीं होता कि सर मेरे पास सबूत हैं आपके या एविडेंस है कि आपने कोई इनकम छुपाई है इस बस उस नोटिस को इस्यू करने का ये रहता है कि सर आपने जो भी है मेरे को 139, 1 में जो भी आपने रिटर्न फाइल किया है 142, 1 में जो भी आपने रिप्लाई दिया है <coughs> उसमें मेरे को कुछ इनकम कम लग रही है आपने लॉस ज़्यादा बुक कर दिया या आपने टैक्स कम रेट से कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट की पेनल्टी या एडवांस टैक्स कम जमा करा है बस लेकिन 148 के नोटिस इशू करने में रीजन टू बिलीव लिखना होगा नोटिस में 148 फोर्टी का कभी भी नोटिस देखोगे सर उसमें रीजन टू बिलीव लिखा रहेगा बाकाया उसमें आ सकते ऑफिसर रीजन टू बिलीव बोल्ड इटैलिक वर्ड में फर्स्ट लाइन पे लिखेगा रीजन टू बिलीव उसके रीज़न भी देगा <coughs> सर आपके पास इतनी इनकम है आपके पास असेट्स पाई गई कैपिटल गेन था आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की गोल्ड परचेज किया या गोल्ड सेल किया जो भी या आपसे किसी ने या आपसे किसी ने वो गिफ्ट दिया जो भी है उसके पास रीजन टू बिलीव रहेगा 147 में नोटिस इशू करने से पहले 147 फोटी के इशू इस नोटिस टाइम पीरियड वह कभी भी कर सकता है इसके लिए तीन कंडीशन हैं नोटिस 147, 148 नोटिस वन एसके एट नोटिस इशू एस्केपिंग टू फोर ईयर्स तक 4 टू 6 और Six to sixteen years. <coughs> अगर आपकी कोई इनकम आउटसाइड इंडिया है या कोई असैट्स है आउटसाइड इंडिया अगर अस एट्स की कोई इनकम आउटसाइड इंडिया है असेट से या कोई कैपिटल परचेज उसने वहाँ की है और उसने कोई इनकम छुपाई है इंडिया में रिटर्न फाइल करने में तो वो छः साल से लेके सोलह साल तक मीन्स जैसे अभी आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है अभी पंद्रह सोलह मीन छः साल से लेके सोलह दो हज़ार बारह दो हजार आठ दो अगर कोई इनकम दो या नौ की है तो तब भी वो इशू कर सकता है नोटिस छः से, से लेकर सोलह साल के बीच में अगर दो या नौ की भी कोई इनकम है आपके पास या 2008 में आपने कोई इनकम छुपाई है इंडिया से बाहर की तो भी वह इशू नोटिस कर सकता है वन में 4 टू 6 अगर आपकी एस्केप इनकम मोर देन 1 लाख अगर आपने कोई इनकम एक लाख से ज़्यादा की छुपाई है तो फोर टू सिक्स ईयर्स में मीन्स आपके अभी 2015-16 की कोई भी इनकम है या सोलह सत्रह की कोई इनकम है आपने कोई इनकम छुपाई है एक लाख से ज़्यादा तो अब वो आज की डेट में आपको नोटिस इशू कर सकता है 148 का जो इन दोनों में आएंगे वो जीरो टू फोर ईयर्स में आ जाएंगे आपके लिए एक एग्जाम्पल बता देता हूँ उसके लिए कोई प्रीवियस ईयर है आपका इकतीस तीन सोलह ठीक है इसका असेसमेंट ईयर 2016-17 ठीक है मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया का जीरो से फोर रिलेवेंट ऑफ असेसमेंट ईयर तो फर्स्ट पॉइंट के लिए प्लस फोर ईयर मींस 2016-17 18 18 अठारह 20, 20, 21, अभी अभी इकतीस मार्च दो हजार खत्म हुआ है तो बीस इकतीस मार्च तक इस चीज का नोटिस इशू कर सकता है वो अगर कोई प्रीवियस ईयर 2016 में प्रीवियस ईयर दो हजार सोलह पंद्रह सोल इनकम है आपने अगर एक लाख से कम की छुपाई है तो वो इकतीस तीन दो हजार तक आपको नोटिस इशू कर सकता है तो इस पे एम क्वेश्चंस सी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी में मैं बी कंडीशन लेता हूँ बी कंडीशंस क्या आती है अपनी सिक्स uh, इयर्स तक सिक्स इयर्स तक इकतीस तीन जो सोलह की है तो इसमें हम सिक्स इयर्स और ऐड कर देंगे दो हजार इक्कीस बाईस दो हजार बाईस तेईस मीस इकतीस तीन तेईस अगर कोई पंद्रह सोलह प्रीवियस ईयर की इनकम छुपाता है एक लाख से ज़्यादा मोर देन वन लाख अगर एक लाख से ज्यादा की इनकम को छुपाता है प्रीवियस सिर्फ फाइनेंशियल ईयर पंद्रह सोलह की तो उसके पास ऐसे ऑफिसर के पास राइट है कि इकतीस मार्च दो तेईस तक वो नोटिस इशू कर सकता है एसकेप इनकम का वन फोर्टी एट में सेक्शन वन फोर्टी एट में अगर कोई इनकम आपकी आउटसाइड इंडिया है तो उसके पास सोलह साल का राइट है कि वो इनकम आपको आ, बता सकता है कि सर हमारे पास नोटिस का राइट है एसके पर इनकम में उसके पास रीजन टू बिलीव रहेगा उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे कि आपने ये इनकम छुपाई है टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कि कब वो नोटिस इशू कर सकता है अब आता है कि वो कब उसका असेसमेंट कंप्लीट करेगा 147 में। 147 में वन कंप्लीट करने के लिए वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर नोटिस इशू किया 148 इसमें तीन कंडीशन है 0 टू फोर सिक्सटीर्स और 60 एट ईयर्स असेसमेंट वन में असेसमेंट कम करेगा ऑफ नोटिस जिस ईयर में आपको नोटिस मिला है उस डेट पे, उस फाइनेंशियल के खत्म होने पर उसके एंड ऑफ द रिलेवेंट वन ईयर मीन आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं 2015-16 फाइनेंशियल ईयर एस्केप की इनकम बिलो वन लाख आपको विद इन फोर ईयर्स में नोटिस आ जाना चाहिए असेसमेंट ईयर के मीम्स इकतीस तीन दो हजार इक्कीस तक आपको इकतीस तीन दो हजार इक्कीस तक नोटिस आ गया इस नोटिस के एक साल तक मीम्स इकतीस तीन 22 तक इसको असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा असेसमेंट और रीअसेसमेंट सेकेंड एग्जांपल, आपको नोटिस मिला 10 चार 2021 को ठीक है ये फाइनेंशियल एंड ऑफ द फाइनेंशियल क्या हुआ इसका इकतीस तीन 2022, तो आपके पास प्लस वन ईयर तो आप कब तक कर सकते हो उसको कंप्लीट 2023 तक यहां सर्व ऑन नोटिस है 147 में जब 148 का नोटिस आएगा उसमें एक वर्ड लिखाएगा रीजन टू बिलीव ऑन बिलीव 147 का सस्पेंड करेगा तो वो वन, एक साल के अंदर करेगा सर्व ऑन नोटिस के जिस फाइनेंशियली में आपको नोटिस इशू किया हुआ है उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में प्लस वन ईयर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया दस चार दो हज़ार इक्कीस को भी रिसेंटली मेरे को कल नोटिस मिला दो हज़ार इक्कीस में इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल कब हो रहा है दो हज़ार बाईस में मुझे दो हज़ार इक्कीस में आपको नोटिस मिला एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से कब हो रहा है दो में तो वन ईयर में को कब हो रहा है इकतीस चेंज हो को तो आपके एम जो क्वेश्चन आएंगे वो टाइम पीरियड वाले आएंगे कि वन का मैंने कब असेसमेंट होगा वन का कब वो नोटिस इशू किया जाएगा इसकी लिट क्या है छोटे छोटे एम सी आएंगे इस चीज़ के ऊपर <coughs> मैं आपको एक चीज और कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें वन फोर्टी सेवन के आपने आरओआई ओ की वन थर्टी नाइन वन में रिटर्न ऑफर ठीक है असेसिंग ऑफिसर ने 143, 144 का नोटिस इश्यू नहीं किया टाइम बार्ड हो गया एओ को 10 लाख की इनकम एस्किप पाई गई उसने 148 फोर्टी का नोटिस इशू कर दिया 147 में असेसमेंट कर दिया लेकिन वन में आपको आर फाइल की 142, 144 टाइम बार्ड हो गया कोई ऐसे स्कूटिंग नहीं कर पाया ना 144 में आपको दे पाया ये वो को दस लाख की इनकम एस्केप पाई गई बाद में 148 का नोटिस इशू किया रीजन टू बिलीव था उसके पास कि सर आपके पास 10 लाख की इनकम पाई गई 147 में आपको असेसमेंट कर दिया उसने लेकिन बाद में फिर ऑफिसर को इसके होने के बाद 25 लाख रुपए की और इनकम पाई गई के इनकम क्योंकि उसके पास तो चार से छह साल का टाइम रहता है ना तो उसके पास 25 लाख के फिर वापस से उसने वन का नोटिस इशू किया और वन में रीअसेसमेंट कर दिया असेसमेंट ऑफिसर के पास राइट है वो रीअसेसमेंट कर सकता है जितनी भी इनकम पाई जाएगी बाद में एक चीज़ और नोटिस उसने किया मान लो दो हज़ार सोलह जो आर की दो हज़ार का था ठीक है ये पूरा साइकिल जो दो हज़ार का है चल रहा है 25 लाख की इनकम पाई गई ये 10 लाख की इनकम एस्केप की इस एस्केप इनकम के साथ उसको दो 17, 18 में 10 लाख की इनकम और पाएगी गोल्ड की क्या असेसिंग ऑफिसर दूसरा नोटिस इशू करेगा 148 का बिल्कुल करेगा अगर सेम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर का मैं कोई भी इनकम पाई गई तो वो एक ही नोटिस से काम चल जाएगा 148 का ये ठीक है सर जैसे वन दो का असेसमेंट कर रहा है 25 लाख की इनकम लैंड की पाई गई प्लस दस लाख की इनकम गोल्ड की पाई गई एस के इनकम तो ठीक है एक लेकिन एस के असेसमेंट करा 2016-17 का और 17-18 में उसको दस लाख के गोल्ड किया और भी इनकम पाई गई इसको तो 2016-17 17-18 के लिए अलग से एक नोटिस इशू करेगा वन फोर्टी एट सेवन का सिंपल है कि हर फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर के एक नोटिस इशू करेगा या कितनी भी इनकम पाई गई है उसी के साथ एड ऑन हो जाएंगे अगर अलग फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर के कोई इनकम पाई गई ड्यूरिंग द असेसमेंट करने पर उसे 147 का असेसमेंट कर रहा है और उसे और भी सालों की इनकम पाई गई जो टाइम पीरियड की उसके लिमिट में आ रही है तो उसके लिए भी अलग से वो नोटिस इशू कर सकता है तो एक और फाइल उसकी अससे खुल जाएगी उसका बाकायदा पूरा असेसमेंट रीअसेसमेंट सब कुछ उ, उसी अकॉर्डिंग किया जाएगा आपके तीन असेसमेंट हो गए आ, आपको मैंने बताया कि एक तो 143 फोर्टी थ्री टू का असमेंट स्कूटनी का एक 144 फोर्टी जजमेंट का एक 148 का है नोटिस इशू करने का असेसमेंट करने का और एक आता है वन फर्टी थ्री एक सर्चन सीजर का आपका तीन असेसमेंट हो गए चुके 143 वन में इंटीमेशन ऑफ असेसमेंट होता है जो हर अस दिया जाता जब है जब वह वन थर्टी में रिटर्न फाइल करता है अगर 139 वन थर्टी में रिटर्न फाइल करने के बाद वन फोर्टी में नोटिस में कुछ आता है वन फोर्टी में कि सर आपको कुछ रिफंड आ रहा है या आपके इंटरेस्ट के, के कैलकुलेशन में गलत किया है तो वो नीचे लिखा आता है उसके तो वो एंड ऑफ जिस साल आपने रिटर्न फाइल किया उसके वन ईयर के अंदर वन फोर्टी थ्री बनकर रिप्लाई देना होगा और वन फोर्टी थ्री बनकर आपके पास नोटिस एक साल के अंदर अंदर आ जाएगा जिस साल आपने रिटर्न फाइल की गई है अच्छा एक चीज़ और 148 का नोटिस इशू करने में के लिए किसकी ऑथराइज मतलब ऑथराइज पर्सन एक आसिसिंग ऑफिसर होता है एक सी होता है जॉइंट कमिश्नर भी होता है तो पूछ सकता है कि 147 का नोटिस इशू करने में आपको किस किसके राइट होने चाहिए क्योंकि एस इनकमर रीज़न टू बिलीव है और इसके लिए जॉइंट कमिश्नर का भी ऑथराइजेशन होता है मैं इसकी एक टेबल बनवा देता हूँ अगर नोटिस इश्यू किया है फोर इयर्स में सिक्स इयर्स में इसमें एक पहला है फर्स्ट फेयर ऑलरेडी असेसमेंट 143, 144 और 147 अगर कोई नोटिस विद इन फोर इयर्स में इशू कर रहा है यह नोटिस सिक्स ईयर और सिक्सटीन ईयर में इशू कर रहा है फर्स्ट कंडीशन है आपका ऑलरेडी असेसमेंट वन फोर्टी थ्री थ्री में हो चुका है 147 में हो चुका है तो वन थ्री में हो चुका है और अंडर सेक्शन 147 में हो चुका है ऑलरेडी तो इस कंडीशन में आपको नोटिस इशू करने के लिए किसकी राइट चाहिए आपको ऑफिसर विद अप्रूवल ज्वाइंट कमिश्नर जेसी कहते हैं जो असिस्टिंग ऑफिसर होगा वो नॉट बिलो द रैंक एसी डी सी से होगा इसकी जो असिस्टिंग ऑफिसर की जो रैंक होगी नॉट बिलो ए सी मींस, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भाई असिस्टेंट ऑफिसर नीचे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होते हैं हमारे नोटिस इशू कर रहा है फोर इयर्स में और यहाँ कर रहा है सिक्स टू सिक्सटीन इयर्स में तो यहाँ जो ए होगा जो असिस्टेंट ऑफिसर होगा वो कोई भी ए और डी से कम नहीं होगा मीन्स ए सी की फुल फॉर्म है असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर ठीक है क्योंकि इनका ऑलरेडी 143 और 147 में ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है मीन्स कि ये फ्रॉड पार्टी है ऑलरेडी इनका ए ओ ने असेसमेंट कर दिया है फिर भी आपके पास स्कूट नहीं और वन इनके पास रीजन टू बिलीव है कि अभी भी ये चोरी कर रहे हैं तो इसमें ए सी डी सी की पैरल अप्रूवल विद ज्वाइंट कमिश्नर की भी पैरल अप्रूवल चलेगी और ए ओ जो होगा वो बिलो रैंक का नहीं होगा इसके लिए ए नाट रैंक एसी डीसी अप्रूवल जेसी एंड चीफ कमिश्नर अपील सीआईटी कहलाता है तो आपको 148 का नोटिस इशू करने के लिए आपको राइट कब मिलेंगे अगर आपका 4 इयर्स के अंदर हो रहा है या 6 और 16 इयर्स के अंदर हो रहा है जहाँ ऑलरेडी 143 फोर्टी में स्कूटी का 147 में एसके uh, पिंकम का असमेंट हो चुका है तो 4 इयर्स के लिए एओ प्लस जॉइंट कमिश्नर के साइन होना जरूरी है नोटिस पे एओ जो भी होगा वो ए सी डी सी से नॉर्थ रैंक रहेगा ए सी असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर इनकी पायरट अप्रूवल बहुत जरूरी है दोनों की सिक्स ईयर और सोलह ईयर में सिक्सटीन ईयर्स में एओ नॉट ब्लोद रैंक ऑफ एसीडीसी, सी डी सी अप्रूवल जे सी ज्वाइंट की भी अप्रूवल चाहिए इसकी एंड चीफ कमिश्नर डेट मीन्स सी इसकी अप्रूवल बहुत जरूरी है सेकंड आता है आपका नो असेसमेंट 143, 3, एंड 140 सेवन में अगर इसमें ऑलरेडी असेसमेंट नहीं हुआ है तो इसमें आपका एओ ओनली एओ इसमें और इसके अंदर एओ नॉट बिलो दैंक ए सी डी सी प्लस अप्रूवल जे सी 148 का नोटिस इशू करने के लिए दो कंडीशन है नोटिस अगर इशू कर रहा है 4 इयर्स के अंदर और 6 और 16 इयर्स में फर्स्ट कंडीशन है कि ऑलरेडी उसका असेसमेंट हो चुका है वन थ्री और 147 में अगर ऑलरेडी उसका असेसमेंट हो चुका है तो इसके लिए चार आ, अगर वो 4 इयर्स के अंदर अगर वो नोटिस इशू कर रहा है तो असटिंग ऑफिसर जो होगा वो नॉर्थ ब्लॉक कर रिंक ए से होगा जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के इसमें असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर एसीडीसी और इसमें जेसी सी की अप्रूवल बहुत जरूरी है सिक्स इयर्स वाले में इसमें एक एड ऑन हो जाए सीआईटी अपील का होना जरूरी है चीफ कमिश्नर का अगर उसका असिस्मेंट नहीं हुआ है पहले 143 और वन में तो फोर इयर्स वाले मैं नॉर्मल एओ ओ चल जाएगा असिस्टेंट ऑफिसर नॉर्मल रैंक का और सिक्स और सिक्सटीन ईयर्स में असिस्टेंट ऑफिसर नॉट ब्लो द रैंक ए और प्लस ज्वाइंट कमिश्नर की अप्रूवल जरूरी है आपको मैंने आज तीन असमेंट कराए 143, 2, 144 और 147, आ, 148 के तीनों में एम सी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम पीरियड के ही बनेंगे कि आपको क्वेश्चन दे दिए कि कोई फाइनेशियर्स का अब नोटिस इशू किया कब तक आपको कंप्लीट करके देना है या आ, उसके पास राइट है अगर असस्टेंट ऑफिसर टाइम बाढ़ के बाद नोटिस इशू करता है क्या हम उसके लिए वैलिड हैं नहीं है तो हम इनवैलिड रहेंगे जैसे किसी भी साल दो साल के बाद उसने नोटिस इशू किया या छः महीने के बाद नोटिस इशू किया तो हम उसके रिप्लाई देने के लिए नहीं हैं या असेसमेंट उसने दो साल के बाद किया रेलेवेंट असेसमेंट या एक साल के बाद किया तो हम उसके लिए उसने कोई टैक्स लाइबिलिटी निकाली तो हम उसके लिए टैक्स पेबल करने के लिए नहीं हैं बिल्कुल भी तो आज के लिए इतना काफ़ी आज के आपके तीन असेसमेंट हो चुके हैं तो नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी थैंक यू थैंक यू वेरी मच